राम चरण सुखदारी भजमने राम चरण सुखदारी भजम राम चरण जिन जिनचरण से निकली सुरसरी निकली सुर शंकर जटा समाली जटा शंकरी नामे परो है जटा शंकरी नामे परो है त्रिभुवन तारण आए भजमन राम सुखदाई भज भजमे राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई सुख भज मैने राम चरण सुखदाई भजे मैंने राम चरण सुखदाई जिन चरण की चरण पादुका भरत रहो लई जिन चरण की चरण का भरत रहो ली सोई चरण के मट लीने सोई चरण के मट लीने कब तो हरिना जराई भजमने रामे चरण सुखदा राम चरण सुखदाय भजमने रामे चरण सुखदाय भजमने चंडक कबने प्रभु पावन चीनों ऋषिया ने त्रा चमिटाई चंडक बने प्रभु पावन चीनों ऋषिया ने त्रा मिटाई सोई प्रभु त्रिलोक के, के स्वामी सोई बुत्री लोक के स्वामी कनक मिर्ग भजमन रामे चरण सुखदा भजमन राम चरण सुखदा राम चरण सुखदाई राम चरण भजन भजम राम चरण भजन भजम राम चरण सुखदाय कपि सुगरीव बंधु भया व्याकुल कपि सुगरीब बंदु भय व्याकुल जय छात्र फिराई कपि सुगरीव बधु भय व्याकुल जय छात्र फिराई रीपू को विभीषण निशिचरे रीपू को विभीषण निशिचर परसा चलंग पाई भज मने रामे चरण सुखद भज मने रामे चरण सुखद राम रामे, रामे चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई भज मने राम चरण सुखदाई भज मने शिवसन काज की अरू ब्रह्मी के हस्त्र मुख गाय शिव सनकाधिक और ब्रह्मादिक शेष सहस्त्र मुख गाय तुलसी दस मारुति प्रभु तुलसी डा मरुत सुतकी प्रभु निज मुख कर सब तो भजे मने राम चरण सुखदाई भजमने रामे चरण सुखदाई राम राम चरण सुखदाई भद मैंने राम चरण सुखदाई अभद मैंने राम चरण सुखदाई अभद मैंने राम चरण